गड़े वाले गुरु जी हैं तगड़े वैसे हम शरीर फरी से कुछ नहीं है संदीप जी ने हमारी वाली कहानी चुरा ली पहले ही। मेरी 22 लाख लोगों की टीम है यहाँ पे और कंपनी के सबसे बड़े लेवल पे हूँ हूं जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में नाम नहीं जानते थे गाड़ियों का गा, तब से मैं मैंने। लोग चुरा चुरा के दूसरी कंपनियों में जाके बोलते टाइग मैंने लगाया सबसे कम उम्र में इंडिया में डायमंड बना सबसे कम उम्र में तेईस साल की उम्र में बीएमडब्ल्यू अच्छी बना सबसे कम उम्र में मैं करोड़पति बना सबसे कम उम्र में मैं 10 करोड़ के क्लब में आया सबसे कम उम्र में 20 करोड़ के क्लब में सबसे यूनिवर्सल में आयावर्सल यही बताते लगते किसी को सब हो तो मैं यही बैठा हूँ शाम तक पूरा स्टेटमेंट देख के जाए प्रॉपर्टी के पेपर देख के जाए कैसी जिंदगी जी रहा हूं सारा कुछ देख के जाना सही है नहीं जल जलगे ना जल गए इस बात की कोई गारंटी नहीं है मेरी सकल देख के क्या लगता है सकल पे मन जाना लेकिन कार्यक्रम सब सेट है अब तुम लोग सोच रहे हमारा कैसे आएगा तो जानना चाह रहे हो आप लोग भाई ऐसे एक बार अभी लॉकडाउन के टाइम में कंपनी में मेरे दो तीन बार चक्कर लग गए ऐसे अक्सर करके मैं ऑफिस आता नहीं हूं कभी लेकिन दो तीन बार चक्कर लगे एक सीनियर लीडर हैं वो मतलब उनसे उनके साथ में लंच करने का मौका मिला लंच करेंगे तो कुछ बातचीत भी करेंगे तो बातचीत करेंगे तो हम तो दमदारी की बातचीत करते हैं रोना धोना तो कभी करते ही नहीं है पर तो उनको वो बोल रहे थे यार न जस्विन तू आता रहा कर अच्छा लगता तू आता है तो बहुत अच्छा लगता है अच्छी फीलिंग आती है तो वहाँ हमारे ग्रेट डायरेक्टर साहब बैठे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हरीश सोधी साहब तो बोलते नहीं नहीं यार यहाँ मतलब तू फील्ड में अच्छा लगता है तो उन्होंने बताया कि जो लोग फील्ड में घूमते हैं हेलो जो लोग फील्ड में घूमते हैं मेहनत करते हैं फील्ड में चक्कर काटते हैं वो अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं नो और कई लोग घर में बैठे रहते हैं वो कौन से प्रिंट छोड़ के जाते हैं प्रिंट <laughs> लोग कुर्सी से ही नहीं हिलना चाहते हो कौन से प्रिंट छोड़ के जाते हैं सब समझदार घर जाके सोच लेना कौन से वाले छोड़ के जाते हैं मेरे से अगर कोई संदेश लेना चाहे तो मैं कहूंगा हरकत में ही बरकत है अजी जब तो तुम हरकत करते हो तो चीजें बढ़ने लगती हैं काम आगे बढ़ने लगता है तरक्की होने लगती है टीम आगे लेकिन लोगों के साथ समस्या क्या है लोग हरकत ही नहीं करना चाहते बिना हरकत करे चाहिए हमने घर से निकले हरकत करी तो रिजल्ट आपके सामने है आप हरकत कर सकते हो कई लोग हरकत तो करते हैं जब पानी सिर से ऊपर चला जाता अब मरे लेकिन समझदार लोग होते हैं वो पहले से अपनी प्लानिंग रखते हैं मैं आज एक ही चीज कहना चाहूंगा आज हमारे पास ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी की कमी है मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है लेकिन हर आदमी को सोच लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सी वाली एप्लीकेबल होती है पैसा तो लोग जो है ऐसे भी हैं दो दो तीन तीन करोड़ रुपए के पैकेज पे भी जा रहे हैं और भारत से अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे भी वीरबादुर आज गूगल को चला रहे हैं हाँ पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी सुंदर पिछाई साहब ले रहे हैं तो आप भी बन जाओ पोटेंशियल तो उसमें भी है सन्नाटा मैं बता रहा था अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है कोई गूगल कंपनी या कोई ट्विटर जैसी कंपनी आपको भी मिल जाएगी करो मेहनत कम होनी चाहिए अजी पंजाब आप भी कोई बड़े से आई आई टी एम बड़े कोई बढ़िया से एमबीबीएस डॉक्टर बहुत पोटेंशियल है पंजाब आप भी अमित शाह की तरह गृह मंत्री बहुत पोटेंशियल है बुल्डोजर बाबा बन जाओ बहुत पोटेंशियल है <laughs> बहुत पोटेंशियल है सच में गाड़ी मिलेगी घोड़ा मिलेगा लोग एकदम वबाही के साथ में करेंगे पोटेंशियल बहुत है दम होनी चाहिए है क्या <laughs> <laughs> <laughs> पोटेंशियल सब है मार्केट में सारे रास्ते खुले हैं, बन आप भी गौतम अड़ानी कई तो लोग सोच रहे बोले बन जाते तो तेरे जैसे पागल को सुनने नहीं आते सबको अपनी अपनी क्षमताएं क्षमता और दोस्तों एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती पहली चीज तो पढ़ने लिखने की जब उम्र होती है तब तो कहीं ना कहीं समझ नहीं रहती जब समझ आती है तब तो उम्र निकल जाती है फिर तो समझाना शुरू करते हैं बच्चों तुम पढ़ लो हम तो रह गए तुम्हें कुछ करके दिखाओ संसार में तीन कैटेगरी के, लो के लोग हैं आप सब लोग जानते हैं उच्च वर्ग के लोग हैं जिनको हम बोलते हैं क्लास हाई, क्लास अपर कहते क्लास हैं सारे लोग जानते हैं यार यार। दूसरे मीडियम क्लास मध्यम वर्गीय लोग और तीसरे लोअर क्लास गरीब वर्ग के लोग ये तीन ही क्लास है ना और दुनिया में सबसे ज्यादा जो इतिहास लिखते हैं वो या तो अपर क्लास के लोग लिखते हैं और या लोअर क्लास के लिखते हैं मीडियम क्लास के लोग इतिहास नहीं लिखते कारण क्या है कारण यह है कि अपर क्लास के लोग इसलिए इतिहास लिखते हैं कि उनके चारों तरफ इतिहास इतिहास होता है अपर क्लास के दो चार लोगों को जानते हैं आप बताओ दो चार लोगों का नाम बताओ अभी तो बताएं आप रतन टाटा जी अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अजय अच्छा को छोड़ो हाजी और बिल्केट मुकेश अंबानी बिल्केट्स हाँ जी बिलगेट्स रितेश बिलगेट्स माइक्रोसॉफ्ट वही जो सर कह रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा बिलगेट्स अच्छा बिलगेट्स <laughs> लक्ष्मी मित्तल सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया सर शाहरुख खान शाहरुख खान विराट कोहली सब अपर क्लास के लोग हैं सही है यस। उन उनके घर में खादनान में कोई भी बच्चा पैदा हुआ वो अपने चारों तरफ क्या देखेगा बड़ी बड़ी बात गाड़ी एक से बड़ी प्राइवेट जेट, वो छोटा सोच सकता है क्या वो सोच सकता है ऐसे मेरे को रोडवेज में मतलब कहीं कंडक्टर की नौकरी मिल जाए तो मैं अब बताओ रेलवे का फार्म भरेगा क्या no. अरे बोल ही नहीं रहे मुंह में पा है। no. वहां पे अगर बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा सोचेगा यस ये no. चारों तरफ इतिहास ही इतिहास करने भी जा रहे हैं तो भी मतलब वहां का माहौल हाँ। देखकर करके आदमी एकदम फ्लैट हो जाए बाथरूम ही कोरोना वहां इतिहास लिखने की सोचनी सोचनी है या फिर दूसरी कौन सी जगह है लोअर क्लास, क्लास। वहां आदमी क्यों इतिहास लिखने की सोचता है मरी पड़ी है एकदम हालत इतनी खराब है कि वहां आज अगर शाम को रोटी मिलेगी तो सवेरे की पता नहीं और सुबह मिलेगी तो शाम की पता नहीं और इतनी मारा मारी है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं कपड़े नहीं पहनने को खाने के लिए रोटी नहीं है और वहां जीने के लिए अगर आप बात करेंगे तो मतलब जीना जीना नहीं होता और उस जगह पर अगर कोई बंदा होता है और उसका अगर जमीर जाग जाए और वो सोचे यार इससे ज़्यादा तो बुरी हालत होगी नहीं चल कुछ करके दिखाते हैं या फिर इंसान वहां पर त्याग है और बाकी बचे कौन मिडिल क्लास।, क्लास ये कौन से वाले हैं चौधरी साहब इनकी रोटी पानी में कोई दिक्कत नहीं हम घूखे मर रहे हैं कपड़े लगता कि कोई टेंशन नहीं घर में कूलर चार बाल्टी पानी डालो आराम से सो हेलो yes! ज्यादा हमें चाहिए नहीं कम हम पे है नहीं रह दो <laughs> कोई संभावना ही नहीं है और इनके पास ऐसी दोहा कहानियां तावतें हैं अजगर करे न चाकरी पंछी करें काम दास मलुका कह गए सबके दाता दा काम दा दा। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ <laughs> इनको सारी ऐसी कहावतें संतोषम परमम सुखम सभी नहीं आता है। जाके तुम बुलडोजर बाबा को क्यों नहीं सुनाते है, है? संतोषम परमम सुखम है सुनाओ जाके तुम्हारे संतोषम के पीछे अगर बुल्डोजन ना दौड़े तो क्या ये आप बता सकते हो मैं मंच से नहीं कह सकता जी ये मीडियम क्लास को ये सारी किस्से कहानियां ऐना था जिसको शाम की रोटी की कोई टेंशन नहीं है ना उसको कोई बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया पेश करो बिंदास्त से बिन्दास्त चीज के बारे में